बरिए ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजर है कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजर है कहा